तो फ्रेंड्स मैंने कहा था कि आज गणेश संस्था जी के जन्मदिन जो कि हम लोगों ने कल धूमधाम से मनाया आज माँ और बाबा और बड़ी मम्मी और साथ में हमारे बैठे हैं दिनेश हंसथा जो गणेश संस्था के बड़े भाई हैं तो हम आपको मिलवाना चाहते थे और अभी मिलवाने जा रहे हैं क्यों क्योंकि अभी जानते हैं कि परिवार गाने संस्था का इस वक्त कैसा चल रहा है और दोस्तों वीडियो में बने रहिए पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और साथ में कमेंट ज़रूर करना है आपको क्योंकि यह एक शहीद का सवाल है तो मिलते हैं सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग गण्य संस्था यानी कि दिने संस्था के पिताश्री से देखो तो गरीब लोक सरकार जो आम के दौली यो मैं कि सरकार तरकार आम उपरे को व्यवस्था नहीं बोली खाली जा जा बोली थी खाली दी से दस लाख टाइम बोली दस लाख टाका एकर जमिन एक, एक पेट्रोल पंप और नौकरी ए तो कार व्य करलो नहीं अवस्था कि गरीब लोक खाटी खाती नहीं सरकार को ग्रहारा जो नक करते ही दिल सरकारा देखे नहीं यहाँ पे बाबा का कहना है कि सरकार ने बहुत सारे वादे निभाए हैं इनके साथ में एक शहीद के साथ में जिन्होंने अपने देश के खातिर बलिदान दे दिया है और सरकार जो वादा निभाए है उस वादा को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं और इसके बारे में डिटेल्स में हम चलते हैं गणेश संस्था के सबसे बड़े भाई दिनेश संस्था के पास में तो दिनेश भाई जोहार आपको हाँ जोहार आज तक जो शहीद हुए छोटा है लगभग डेढ़ साल हो चुके हैं शहीद होने को पश्चात हम लोग तो डूब में डूबे हुए थे जो कि सरकार द्वारा उस समय हम लोग के लिए घोषणा किया गया था कि परिवार वालों को एक नौकरी दिया जाएगा पाँच एकड़ जमीन दिया जाएगा अब पेट्रोल पंप को हुआ आश्वासन दिया जाएगा लेकिन इतना दिन पार होने के बावजूद भी अभी तक तो कोई पहल नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि हम लोग का परिवार में एक ही था जो कि हम लोग का पालन पोषण कर रहा था और एक ही हाथ में हम लोग का रोजगार भी था जो कि वो भी हम लोग बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ था इतनी गरीबी झेलने के बाद जो कि हम लोग के बीच में एक हम लोग दीप जलाए थे आज वही दीप हम लोग के बीच से जो चीनी झड़प में हुआ उसमें वो शहीद हो गया है अब हमारे पास और कोई रोजगार भी नहीं है और कोई चारा भी नहीं है कि हम लोग अपना भौरन पसंद कर पाए मम्मी पापा का जिम्मेदार पहले दो आदमी के पास था अब मेरे पास है मेरा तो कोई रोजगार नहीं है और अभी हम लोग को कुछ तो खुशी लगा था कि छोटा भाई नहीं आएगा लेकिन इसका दुख अगर सरकार हम लोग को जो घोषणा किया गया था हम लोग को दिलाए तो कुछ तो कम होगा मम्मी पापा लोगों का देख रहे भरण पोषण में कुछ तो हमको सहयोग मिलेगा सहयोग मिलेगा लेकिन वो भी नहीं हुआ अभी तक अब हम लोग का आय का जो जिंदगी जीवन यापन बहुत अंधकर्मय में है तो देख सकते हैं दोस्तों वाकई में आज जो भी जन्मदिन या मेला देख रहे हैं ये पब्लिक के द्वारा किया गया है ना कि घर के द्वारा क्योंकि टोटल जनता जितने भी जनता यहाँ पे मौजूद हैं सब लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके परिवार को मदद करे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और इन्होंने मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया था जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा बोला कि इनके लिए आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि गणेश सहित गणेश संस्था के फैमिली कैसे जी रहे हैं तो हम चाहते हैं कि दिनेश हंसदा जी अभी जो बोले उनका दर्द फैमिली का दर्द उन्होंने बयाँ किया है तो क्यों ना दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि क्यों ना हम लोग एक हैशटैग चलाया जाए मैं इस वीडियो को आपके लिए एकदम फ्री कर दे रहा हूँ आप हर व्यक्ति इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि आने वाले दिन में जितने भी हमारे शहीद के घर आने के हैं वे इस प्रकार की ज़िंदगी से थोड़े से आज़ाद रहे यानी कि दिनेश जी अभी जिस मुकाम से गुज़र रहे हैं इनका फैमिली जिस मुकाम से गुज़र रहा है यह चीज़ ना हो और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्लीज़ सर गणेश जी के फैमिली में जो आपने आह्वान किया है उसे पूर्ण करें ताकि आने वाले हमारे जितने भी झारखंड के फ़ौजी भाई हैं या जितने भी देश के फ़ौजी भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो चलिए हम मिलते हैं गणेश संस्था जी के माँ से और उनसे दो गुफ्तु तो गुफ करते हैं तो माँ बताइए इतने दिन हो गए और हम भी आपके पुत्र समान हैं यह पूरा देश आपका पुत्र समान है अभी आपको आपका जन्मदिन गणेश संस्था जी का जन्मदिन जो हम लोगों ने मनाया वो तो मनाया लेकिन आपके दिल में क्या गुजर रही है उसको दिल से बयां कीजिए हम हम तो गरीब लोग कल के मान हमार छोट बेटा गणेश हस्तार जन्मदिन का भाई मान मानली मन दुखटा सिरा छेना जहा सरकार बोली दीवार कथा ओईगिला दीछे तो अंदर मनटा शांति हो चेना जो गोषणा तो कर सरकार दी के दी थको समाज खुशी थको जब हम तो बोली चिलो पेट्रोल पाप पाँच एकड़ जगह और, एक और। तो दोस्तों देख सकते हैं जो घोषणा है आप बढ़िया से सुन लिए होंगे बंगला में बोल रही हैं वहाँ उनको बंगला आता है हिंदी नहीं आता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाँच एकड़ भूमि बस पाँच एकड़ भूमि जो सरकार ने अपवान किया और दूसरा है एक रोजगार के लिए पेट्रोल पम्प इनका ताकि इनका जीवन यापन चल सके या या तो नौकरी दे दे ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर दिनेश भाई हैं वे बेरोजगार हैं बिल्कुल बेरोजगार हैं दोस्तों इनके पास में अभी कुछ नहीं तो सभी जनता से हम चाहेंगे कि सरकार के लिए एक हैशटैग का घोषणा करते हैं एक हैश चलाया जाए सरकार तक यह बात पहुंच जाए ताकि इस फैमिली को एक बहुत बड़ा सहयोग मिल सके तो चलिए अब हम मिलते हैं दिनेश एंड गणेश हंसथा जी के बड़ी मम्मी से जो कि अभी यहाँ पर मौजूद तो बड़ी मम्मी आप बताइए कि गणेश संस्था के जाने के बाद में और दिनेश संस्था को आपने बहुत बचपन से प्यार से पाला है और वह प्यार अब कैसा कैसा लगता है आपको, कैसा मासूस होता है? आपको होता तो चले तो तो और और और चलेगा चलेगा हम बहुत दुख की बात है दोस्तों की इस फैमिली के प्रति अभी तक बहुत सारे विधायक बहुत सारे पॉलिटिक्स हमारे राजनीतिज्ञ सोशल वर्कर मैं सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी सोशल वर्कर हैं और जितने भी हमारे देश में कुछ चलाने वाले लोग हैं मैं उनसे एक ही विनय करना चाहता हूँ विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हेल्प टू यू गन संस्था फैमिली तो दोस्तों इस वीडियो को मैं क्रेटिक कॉमन में रखूंगा ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो को यूज करे और सरकार तक बात को पहुंचाए तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और, और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ हैश टैग सभी आपने कमेंट में लिखिएगा हैश गणेश संस्था फैमिली हैश ठीक है तो दोस्तों आज के लिए हम यह वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट गलवान वीर का वीडियो हम जानना चाहेंगे गलवान वीर जो फिल्म की शूटिंग हो चुकी है कंप्लीट उसके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बने रहिए हमारे साथ में और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए हैश टैग गुरु बाय